आग शक्ति ट्रेनिंग टावर से निकलने के बाद ध्रुव बाहर खड़े होकर उस टावर को देखता रहा इस वक्त ना जाने क्यों उसके दिल में उस टावर के सारे रहस्य जानने की इच्छा उमड़ रही थी फिर उसने गहरी सांस बाहर छोड़ कर उस टावर के के बारे में सोचना छोड़ा। लेकिन ध्रुव ने जैसे उस ख्याल को अपने दिमाग से निकालने की तैयारी की तभी अचानक उसे आचार्य विदुर की आवाज अपने दिल में सुनाई पड़ी मुझे तो सच में यकीन ही नहीं हो रहा ध्रुव उस शक्ति ने आग की शक्ति को इस्तेमाल कर एकात्मा तक तैयार कर दी और ये कोई आत्मा नहीं, अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ जाए वही आचार्य विदुर की बात सुनकर ध्रुव भी थोड़ा चौंक गया वो अगले कुछ पलों तक तो उस रहस्यमय टावर को देखता रहा जिसके बाद उसने बिजोरा को इशारा करते हुए वहां से जाने का फैसला किया इस दौरान बिजौरा अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं आया था और उसका सिर अभी भी थोड़ा चकरा रहा था फिर इस अजीब से एहसास के साथ बिजौरा ने ध्रुव के पीछे जाना शुरू किया और फिर वो दोनों उस रास्ते पर चल पड़े जिस पर चलकर वो दोनों यहाँ आए थे आचार्य ध्रुव लगातार उस बारे में सोच रहा था आखिर आचार्य किस आत्मा की बात कर रहे थे इस दौरान वो ना ज्यादा तेज चल रहा था और ना ही ज्यादा धीरे तभी उसे दिल में आचार्य का जवाब सुनाई पड़ा ध्रुव मैं जिस आत्मा की बात कर रहा हूँ वो एक ऐसी खास तरह की आत्मा है जो सिर्फ आग की शक्तियों से जिंदा होती है जिस अदृश्य आग से बने अजगर को तुमने देखा दिव्य दे रोशनी की वो आग से बना खतरनाक अजगर ही दिल बहार दिव्य रोशनी थी जो आग शक्ति टावर की गहराई में बांध कर रखी गई थी लेकिन आचार्य विदुर की बात सुनते ही ध्रुव के चलते कदम अचानक से थम गए और उसके चेहरे का रंग ही बदल गया इस वक्त उसके चेहरे पर दरअसल दिव्य रोशनी जैसी अजीबो गरीब और रहस्यमय शक्तियां वक्त के साथ साथ अपना रूप बदलती रहती है जैसे अगर हम हरे कमल की रोशनी की बात करें जो तुम्हें जमीन के नीचे लावा के दरिया में मिली थी तो हजारों साल जमीन के नीचे रहने के बाद उस रोशनी ने हरे कमल का रूप ले लिया था जिस वजह से उसमें भी दिव्य रोशनी बसी हुई थी। थी लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हरे कमल की दिव्य रोशनी सिर्फ एक कमल का रूप ले पाई थी जैसा कि उसका नाम है अगर वो रोशनी भी दिल बहार दिव्य रोशनी की तरह जज्बात और समझ तैयार कर लेती तो शायद उसे हासिल करना तुम्हारे लिए कई गुना मुश्किल हो जाता रही बात उस आग से बने अजगर की तो मैंने उसे सच में महसूस किया था इस तरह बना शरीर, जिसमें जज्बात और समझ हो उसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था वो इस बात से हैरान तो था ही कि कैसे कोई रोशनी आग में बदलकर जानवर का रूप ले सकती थी लेकिन अब जो उस रोशनी ने ऐसा कर ही लिया था फिर तो उसे अपने अंदर बसाना तकरीबन नामुमकिन था यही सोचकर ध्रुव ने मायूस होते हुए आचार्य से सवाल किया तो आचार्य क्या इसका मतलब हम दिल बहार दिव्य रोशनी हासिल नहीं कर पाएंगे और अगर हम इसे अभी भी हासिल कर सकते हैं तो कैसे क्योंकि अब तो यह एक फायर स्प्रिट बन गई है ना और कोई मामूली फायर स्प्रिट भी नहीं बल्कि बहुत ही खौफनाक और जानलेवा फायर स्प्रिट वो से बना अचकर तो शायद किसी शक्ति सम्राट तक को पटक कर मारते फिर हम उस दिव्य रोशनी को कैसे काबू कर पाएंगे वही ध्रुव की इस तरह की फिक्र को देखकर आचार्य विदुर ने हल्की हंसी के साथ उसे जवाब दिया देखो ध्रुव उसे हासिल करना बहुत ज्यादा मुश्किल तो है लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है हाँ मेरा मतलब है अगर तुम हार मानकर इस दिल बहार दिव्य रोशनी को भूल जाओ और बाकी किसी दिव्य रोशनी की तलाश करो तो बात अलग है इस पर ध्रुव ने हल्की खींच के साथ आचार्य से कहा आचार्य ये वक्त हंसी मजाक का नहीं है आप भी अच्छे से जानते कि दिव्य रोशनियों को ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल है ना जाने हमें अगली दिव्य रोशनी कहा और कब मिले और तब तक अंधेर नगरी वाले नहीं हम ऐसा तो नहीं कर सकते ध्रुव अच्छी तरह जानता था कि उसे दो सालों की तलाश के बाद हरे कमल की दिव्य रोशनी मिली थी और वो भी किस्मत की वजह से लेकिन किस्मत इंसान का हर वक्त साथ नहीं देती इसलिए अब जो उसे दिल दिव्य रोशनी मिली गई थी तो वो कैसे उसे इतनी आसानी से जाने देता वही ध्रुव की बात सुनकर आचार्य ने उसे समझाते हुए कहा अगर तुम्हारा यही फैसला है फिर तो हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं क्योंकि अभी तो इस बारे में बात करना बेकार है कि हम वो दिव्य रोशनी हासिल कैसे कर सकते हैं हमारा ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला नीचे के लेवल पर बहुत सी ताकतवर शक्तियां महसूस हो रही थी और वो शक्तियां इतनी ज्यादा ताकतवर है कि शायद आत्मा के रूप में मैं खुद उनसे मुकाबला भी ना कर पाऊ आचार्य विदुर की यह बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी तभी आचार्य ने उससे आगे कहा और तो और इस वक्त ही है। बनी आत्मा की शक्ति खींचते रहते हैं इसलिए अंदर घुसते ही उस रोशनी का एक हिस्सा लोगों के दिलों में चला जाता है इस हिस्से का इस्तेमाल कर सभी स्टूडेंट तेजी से अपनी शक्ति और ट्रेनिंग की रफ्तार दोनों बढ़ा पाते हैं आसान लफ्जों में कहूँ इन लोगों ने दिल को पाल लिया है। कितना खतरनाक और मुश्किल कदम उठाया था इसका मतलब अंदरूनी हिस्से के ताकतवर लोग वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उन्होंने दुनिया की सबसे खतरनाक शक्तियों में सेक को इस तरह कैद करके रखा हुआ था और ध्रुव को आचार्य विदुर से ही समझ आया कि जिस तरह कोई इंसान गाय से दूर निकालकर बेचता है वैसे ही अंदरूनी हिस्से वाले दिल बहार दिव्य रोशनी से शक्तियां खींचकर अपने स्टूडेंट्स को देते आ रहे हैं इस बारे में सोचकर ध्रुव ने आचार्य विदुर से कहा आचार्य इसका मतलब जरूर अंदरूनी हिस्से में इतने खतरनाक लोग है जो उस रोशनी को काबू कर पा रहे हैं ये तो सुनने में भी बहुत मुश्किल लग रहा है मुश्किल नहीं ध्रुव ये बहुत बड़ी बेवकूफी का काम है वो जिसे गाय समझ कैद करके रखे हुए हैं हकीकत में एक लेकिन, लेकिन आचार्य आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मैंने जो देखा उस हिसाब से तो वो रोशनी स्पेस लॉक में कैद है फिर कैसे कोई दिक्कत हो सकती है और ध्रुव का सवाल सुनकर अचानक से आचार्य विदुर हंसने लगे और उन्होंने ध्रुव के सवाल का हंसते हुए जवाब दिया मैं जानता हूं कि फिलहाल तो अंदरूनी हिस्से वाले स्पेस लॉक से बने पिंजरे का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन सच कहूं तो दिव्य रोशनी उनकी उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक है उसे कैद रखने के लिए इस पिंजरे का इस्तेमाल करना एक वक्त तक ठीक है लेकिन उसके बाद वो दिव्य रोशनी बौखला जाएगी और सारी हदे पार कर देगी उस रोशनी को काबू तो किया जा सकता ध्रोव लेकिन उसके लिए उसका राजी होना बहुत जरूरी है और तो और दिल कोई मामूली रोशनी नहीं है इसलिए इसे कैद करना बेवकूफ़ी का काम है इसे ऐसे समझ लो कि ये लोग ज्वालामुखी को रोक कर रखे हुए हैं लेकिन एक वक्त आएगा जब वो सारी बंदिशें तोड़कर हंगामा मचा देगा। इतना आचार्य एक पल के लिए रुके और फिर उन्होंने से आगे यदि रोशनी है तो बहुत खास और ताकतवर साथ ही खतरनाक भी लेकिन अंदरूनी हिस्से के ताकतवर लोग भी कोई मामूली नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि जब दिव्य का गुस्सा फूटेगा तब ऐसा मुकाबला होगा जो शायद इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास एक बहुत छोटा मौका रहेगा उस रोशनी को हासिल करने का वैसे तो ध्रुव आचार्य की बात में खौफ ही खौफ महसूस कर रहा था लेकिन उनकी कई आखिरी बात ने अचानक से ध्रुव का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया इस एहसास के चलते ध्रुव ने चौंकते हुए आचार्य से पूछा तो आचार्य क्या इसका मतलब हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक ये दिल बहा देव्य रोशनी ज्वालामुखी की तरह फूटती नहीं है इस पर आचार्य विदुर ने उसे सीधे जवाब देते हुए कहा हाँ हम तो फिलहाल सिर्फ यही कर सकते हैं देखो हम लोग फिलहाल बहुत कमजोर हैं द्रव, इसलिए खुद ब खुद कुछ करने का कोई फायदा नहीं है लेकिन आचार्य ऐसे में हमें कब तक इंतजार करना पड़ेगा देखो द्रव, दिल बहार दिव्य रोशनी जिस तरह बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी उसे देखकर तो मुझे लगता है कि वो भी कैद में रहकर बहुत ज्यादा नाराज हो गई है इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसे फूट बाहर आने में दो साल का वक्त लगेगा और अगर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया तो शायद वो एक साल में ही बाहर आ जाए जवाब देते हुए आचार्य विदुर सोच में पड़ गए थे लेकिन आचार्य की बात सुनते ही ध्रुव की लगा। अगर ने जो कहा वो सही था, तो हिस्से में साल भर में जिंदगी मौत की लड़ाई शुरू हो सकती थी तभी आचार्य ने ध्रुव को देख कर उसे समझाते हुए आगे कहा मेरी बात ध्यान से सुनो ध्रुव आने वाले दिनों में तुम्हें अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त टावर में ट्रेन करते हुए बिताना होगा अगर तुम छह महीनों के अंदर अपनी शक्तियां द्रोण रैंक तक कर पाए तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा उस वक्त तुम अपनी हरे कमल की दिव्य रोशनी और आग की लहर का इस्तेमाल कर सभी को डर कर भागने पर मजबूर कर सकोगे ऊपर से अगर तुम शौर्य कमल की रोशनी का भी इस्तेमाल करते हो फिर तो शायद बुजुर्ग दुसान जिन्होंने तुम्हारे पिछले हमले को रोका था वो भी सामने आने से पहले दस बार सोचेंगे इतने में आचार्य ने कुछ सोचकर ध्रुव से आगे कहा ध्यान रखना की शौर्य कमल की रोशनी इस्तेमाल करते वक्त तुम रोशनी और हरे कमल की रोशनी को ही मिलाओ क्योंकि सफेद शीत नहीं चाहते कि तुम्हें जितना फायदा हो, उससे नुकसान हो जाए इसके अलावा तुम्हें जाकर क्लास तीन की लाइटनिंग तकनीक भी सीख लेनी चाहिए उस तकनीक को सीख कर तुम्हारी रफ्तार इतनी तेज हो जाएगी कि तुम द्रोण रैंक के योद्धाओं से तेज हो जाओगे और साथ ही अगर तुम्हारा सामना किसी ताकतवर शक्तिमान से हो गया तो कम से कम वो तकनीक बचकर भागने में तो तुम्हारी मदद करेगी अब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ध्रुव उस मंजर की जब दिल ने पिंजरे तोड़कर अपना कहर बरसाने लगेगी वहीं उनके सामने खड़ा ध्रुव धीरे से मुस्कुराने लगा, क्योंकि आचार्य की कई इतनी सारी बातें समझने में ही उसे दो मिनट का वक्त लग गया था फिर सारी बातों को अपने जहन में बिठाते हुए ध्रुव ने कुछ याद करके आचार्य से पूछा आचार्य मुझे लगता है कि आप कुछ फूल रहे हैं हमारे पास अभी भी ग्राउंड स्पिरट बिल के लिए सारी जड़ी बूटियां नहीं है जानता था कि और ध्रुव की बात सुनकर आचार्य विध्र भी सोच में पड़ गए बात तो तुमने ठीक कही लेकिन वो जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा अनोखी है इसलिए तुम्हें ध्यान से उन्हें भी ढूंढना होगा उसके बाद ध्रुव ने कहा भरते हुए नीले आसमान की तरफ देखा और सोचा कि आखर इतनी सारी ध्रुव तो जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसे दिखा की आवाज बिजोरा की थी बिजोरा फिलहाल पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गया था जिसे देखकर ध्रुव ने जवाब दिया अच्छा है तुम ठीक होगा बिजौरा वैसे फिक्र मत करो मैं तो बस ख्यालों में खोया हुआ था चलो अब चलते हैं चल हैं हैं चलकर देखते कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। इतना कहकर ध्रुव ने तेजी से रफ्तार आधे घंटे के सफर के बाद ध्रुव और बिजौरा आखिरकार उस इलाके में पहुंच गए जहां नए स्टूडेंट्स रह रहे थे उसके बाद वो लोग जब धीरे धीरे सड़क पर चलने लगे तो अचानक से उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो दोनों हैरान रह गए उन्होंने देखा कि सड़क पर एक लड़का भागते हुए आ रहा था और ध्रुव और बिजोरा को देखते ही उसके चेहरे पर खुशी दिखाई देने लगी फिर उसने हाफते हुए लीडर, लीडर, उस परेशानी में उसके पास आते हुए पूछा मुश्किल में फंस गए लेकिन क्यों ऐसा क्या हो गया आखिर किस मुश्किल में फंस गए ध्रुव के ग्रुप के में जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योथ सिर्फ पॉकेट एफ पर ध्रुव के सवाल पूछने पर परेशान दिख रहे लड़के ने घबराते हुए उसे बताया लीडर कुछ लोग हमारे पास आए थे और वो नए स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे लेकिन जब सभी स्टूडेंट्स ने उनका ग्रुप ज्वाइन करने से मना कर दिया तब वो लोग हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करने लगे अब वो लोग इरा और लीजा को भी लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं वही उस लड़के की बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखने लगी फिर उसने इसी नाराजगी के साथ उस लड़के से पूछा कौन लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं और ध्रुव के ऐसा कहते ही वो लड़का जवाब देने के पहले थोड़ा झकने लगा लेकिन उसे इस हाल में देखकर ध्रुव ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा जवाब दो मुझे और उसकी भारी आवाज सुनकर उस लड़के ने हड़बड़ाते हुए ध्रुव से कहा सभी लोगों के साथ है वो ईशान है उस लड़के के मुंह से ईशान का नाम सुनते ही ध्रुव और बिजौरा के चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी दिखने लगी जिसके साथ दोनों ने खुद से कहा इस लड़के ने अच्छे के बदले पीठ पर छुरा भोकना चुना है तो यही सही उसके बाद नए स्टूडेंट्स के घरों के पास ढेर सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे वहां जो भीड़ लगी हुई थी उसमें और लोग थे। इसके बावजूद वहां के हालात ऐसे थे कि वो दूसरा ग्रुप जिसमें कम लोग थे फिलहाल अपने ग्रुप से ज्यादा ताकतवर समझ आ रहा था वही उस दूसरे और छोटे ग्रुप के सबसे आगे एक लड़का खड़ा था जो सफेद कपड़े पहने हुए था वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम था जिससे साफ समझ आ रहा था कि उस पर ढेर सारी लड़कियां फिदा हो जाया करती थी लेकिन उसके इस अंदाज के बावजूद इरा और लीजा तो फिलहाल उससे बहुत ज्यादा नाराज दिख रही थी तभी उस लड़के ने उन्हें समझाते हुए कहा इरा लीजा इतने जिद्दी मत बनो मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारा ये कमजोर जाबाज जोशीले ग्रुप अंदरूनी हिस्सों के ताकतवर ग्रुप्स के सामने टिकी नहीं पाएगा नए स्टूडेंट्स किसी भी ग्रुप का खून होते हैं और अगर तुम उन्हें बाकियों से छीन लोगे तब तो तुम खुद को और बड़ी मुश्किल में डाल दोगे तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने पर बाकी ग्रुप्स हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे ईशान की बात सुनकर लीजा ने नाराजगी में उसे जवाब दिया ईशान यह हमारा मामला है इसलिए इसमें तुम्हें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है हम लोग एक ग्रुप हैं, और तुम्हें तो ग्रुप का मतलब भी नहीं पता है तभी तो तुम कायर की तरह मुकाबले का मैदान छोड़कर भाग गए थे इतने में ईरा ने भी ईशान को समझाते हुए कहा ईशान लीजा सच कह रही है यह मामला तुम्हारा नहीं है इसलिए तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए अब तुम यहां से जा सकते हो हम नए स्टूडेंट्स मुश्किलों का सामना खुद ही कर लेंगे वहीं दोनों के मुंह से अपनी बेजती सुनकर ईशान के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी कुछ पल पहले तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी लेकिन अब वो काफी गुस्से में दिखने लगा था तभी अचानक ईशान के साथ आए लोगों में एक ताकतवर लड़के ने हंसते हुए कहा ईशान तुम भी तुम्हें ऐसी बकवास करनी ही क्यों है चलो इन पर सीधे हमला करके इनके गुरूर को मिट्टी में मिला देते हैं तब शायद इनकी समझ में आए की कमजोरों के साथ रहने का क्या अंजाम होता है और ताकतवर लोगों के साथ रहने का अंजाम क्या होता है? ठीक कह रहे हो लेकिन ये बात ध्यान रखो कि उस तरफ लड़कियां भी है अगर हम बिना बात करे इतनी जल्दी मुकाबला शुरू कर देते हैं तो शायद बाकी लोगों को जब इस बारे में पता चले तो वो लड़कियों के साथ ऐसा करने के लिए हमसे नाराज हो जाए जिस लड़की ने ईशान से वो बात कही थी वो ईशान के भाई की तरह ही एक ताकतवर द्रोण रैंक हो सकता है कि काफी हो। और उसने तुम लोगों की फायर जीतने में मदद की हो लेकिन बदकिस्मती से वह अंदरूनी हिस्से के हिसाब से कमजोर ही माना जाएगा इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी उसे लेकर ज्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए क्योंकि अगले दो से तीन दिनों में जब उसे अंदरूनी हिस्से की हकीकत के बारे में पता चलेगा तो वो खुद ही तुम्हारे जोशीले ग्रुप को खत्म कर देगा वहीं उस लड़के की बात सुनकर इरा ने उसे जवाब दिया तुम्हें उस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक ध्रुव खुद अपने मुंह से कुछ नहीं कहता तब तक हमारे जाबाज जोशीले ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहेगा और जितना मैं उसे जानती हूँ वो डर के मारे तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा ईरा को इस तरह ध्रुव का साथ देते देख उस लड़की की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई फिर उस लड़के ने अपनी जीप से अपने होट गीले करते हुए कहा कितनी जिद्दी लड़की है तो हमारा वाइट गैंग तुम्हारे जांबाज जोशीले ग्रुप को परेशान नहीं करेगा क्या कहती हो लेकिन उस लड़के फरान की बातें सुनते ही अचानक से ईशान ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा मगर फरान भाई पांच लोग तो बहुत कम है जाहिर सी बात है ईशान यहाँ महज पांच नए नहीं आया था जिस वजह से वो फरान की बात से थोड़ा नाखुश था तभी फरहान ने अपना हाथ लहरा कर ईशान की बात को बीच में काटते हुए कहा मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ ईशान अब अपना मुंह बंद रखो इतना कहकर फरान ने इरा की तरफ नजरे घुमाई और फिर मुस्कुरा उससे कहा हाँ लेकिन जिन पांच स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ उसमें से एक खुद तुम भी होनी चाहिए इरा वहीं जैसे ईशान ने देखा कि फरहान की नजर इरा पर पड़ गई थी तो उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी दिखने लगी मगर फरहान के गंदे इरादे जानने के बावजूद वो चुप रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया रही बात फरहान की तो वो लगातार इरा की तरफ ही देखे जा रहा था इसलिए उसे ईशान की नाराजगी दिखाई भी नहीं दे रही थी इतने में इरा ने अपनी आवाज ऊंची करके ऐलान करते हुए फरान से कहा जाबाज जोशीले ग्रुप का एक भी मैंबर किसी और ग्रुप में नहीं जाने वाला है इरा अच्छी तरह समझ रही थी कि फरहान किस नजर से उसकी तरफ देख रहा था इसलिए अपना जवाब देते वक्त वो मुकाबले के लिए खुद को तैयार करने लगी लेकिन इरा का यह जवाब सुनकर फरान के चेहरे पर शिकंद नहीं था कि कोई लड़की उससे इस तरह बात करे इस बात के चलते उसके चेहरे की मुस्कुराहट नाराजगी में बदल गई और उसने आवाज भारी करते हुए कहा अगर यही तुम्हारा फैसला है फिर तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है तुम लोगों के साथ जोर कि जो वही फरान की, की सुनते भी काफी ज्यादा नाराज दिखने लगी और उसने तुरंत अपने शरीर पर हरे रंग की शक्तियां करते हुए कहा अच्छा हमें जलील करोगे हिम्मत है तो आकर कोशिश करो ना और लीजा के शरीर से वो शक्तियां निकलते देख, उसके पीछे खड़े, देखने लगा वही सभी नए स्टूडेंट्स को ऐसा करते हुए देख फरान ने भी मुस्कुराते हुए कहा अच्छा तो ये नया बैच सच में वैसा ही है जैसा की मैंने खबरों में सुना था सिद्धि और कमजोर मुझे तो इनका गुरूर कम करना ही होगा इतना कहकर उसने तुरंत अपना पैर जमीन पर दे मारा, जिसके बाद उसके शरीर से नीले कर की शक्तियों को दबाना भी शुरू कर दिया था इसी के साथ जब नए स्टूडेंट्स महसूस करने लगे की उनकी शक्तियां दबाई जा रही थी तो वो थोड़ा घबराने लगे तभी फरान ने हंसते हुए सभी से कहा हाज मैं तुम्हें बताता हूँ फर्क एक सीनियर की ताकत और एक नया स्टूडेंट की ताकत के बीच ईशान चलो सभी लोगों, लोगों ईशान की आवाज सुनते ही उसके साथ खड़े सभी लोग परछाइयों में बदलकर सीधा इराक के साथियों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगे तभी लीजा ने इरा की तरफ देखते हुए कहा मैं ईशान को रोकती हूँ इरा तुम बाकी बाकी लोगों को संभालो इतना कहकर उसने अपना चाबुक तेजी से जमीन पर दे मारा और बिजली की तरह वो भी हमले के लिए तैयार हुई वहीं के लिए राजी होकर ने भी नाराज की भरी नजरों के साथ अपनी हरे रंग की शक्तियां बाहर निकालनी शुरू कर दी और जैसे ही वो मुकाबला शुरू हुआ तो ईशान के साथ ईरा के साथियों के साथ टकराने ही वाले थे कि तभी अचानक एक काली पर हवा को काटती हुई बीच में आ गई और उसके वहां आते ही एक छोटा सा धमाका हुआ और हर तरफ धूल उठती हुई दिखाई देने लगी इस धूल के चलते फरान के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी जिसके बाद उसने अपना हाथ लहराना शुरू किया वहीं उसके हाथ लहराने से उस इलाके की धूल छटने लगी जिसके बाद फरान को एक बड़ी सी काले रंग की तलवार जमीन पर गड़ी हुई नजर आने लगी इसके साथ ही सभी की नजरें उस तलवार के पीछे गई जहां पर दो लोग खड़े हुए थे तभी उन्हें देखकर ईशान ने फिक्र के साथ कहा ध्रुव बुजारा मुझे तो लगा था कि तुम दोनों यहाँ से भाग गए काफी हिम्मत है जो तुम यहाँ वापस आए हो ये सुनकर ध्रुव ने धीरे से उसकी तरफ देखा और फिर उसकी नजर आकर सबसे ताकतवर लग रहा था, था स्टूडेंट की रीढ़ की हड्डी बन गया था इसलिए उसके होने पर लड़ने का जज्बा बरकरार रहता तभी लीजा ने एक चैन की सांस लेते हुए कहा ध्रुव बिजौरा अच्छा हुआ कि तुम लोग आए इस पर ध्रुव ने हाथ लहराते हुए कहा हाँ चलो अब इन लोगों को संभालते हैं वहीं उसकी बात सुनकर एरा भी मुस्कुराने लगी इतने में फरान ने ध्रुव को देखकर भरी आवाज़ में पूछा तो तुम ही हो ध्रुव शौर्य और उसकी बात का जवाब देते हुए ने कहा यही वो ध्रुव शौर्य जो इस ग्रुप का लीडर है तभी ध्रुव ने ईशान की तरफ देख हंसते हुए उससे कहा अरे ईशान तुम भागे नहीं मुकाबले से क्या बात है वैसे सच कहूं तो काफी बेवकूफी भरी है तुम्हारे अंदर माफ करना मैं इसे पहले अच्छी तरह देख नहीं पाया था और ध्रुव ने जैसे ईशान का इस दिखा लो ध्रुव मैं ध्रुव ने भी जवाब दिया ईशान कभी मर्दों की तरह खुद भी तो लड़ लिया करो साथियों का कब तक हाथ पकड़ कर चलोगे इतने में फरान ने ध्रुव की तरफ देख कर कहा चलो अब बड़बड़ाना बंद भी करो चुपचाप पंद्रह स्टूडेंट हमें दे दो और हमारा वाइट गैंग तुम्हें सही सलामतिया तो, नहीं उड़ जाती इन के सामने। कहते वक्त फरान के चेहरे पर एक मुस्कुराहक थी जिसके साथ वो ध्रुव की इज्जत उछालने के बारे में सोच रहा था वही उसका जवाब सुनकर ध्रुव एक कदम आगे आया कि तभी अचानक उसे अपने सीने पर एक हाथ महसूस हुआ रुक जाओ इस चिलगोजे को तो मैं देखता हूँ यह आवाज थी बिजौरा की जो खौफनाक नजरों के साथ फरान की इसे अकेले संभालना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इतना कहकर उसने बिजौरा का हाथ हटाया और फिर आगे आते हुए फरहान से कहा हमें जंग करने की क्या जरूरत है चलो दो दो हाथ करते हैं तुम और मैं अगर तुम जीते तो वही करेंगे जैसा तुम कहोगे लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हारा वाइट गैंग अगले तीन महीनों तक हमारे ग्रुप को तंग नहीं करेगा तो बताओ हिम्मत है इस चुनौती का सामना करने की। और ध्रुव का चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला था की बीच में ईशान ने उससे कहा फरहान तुम इसकी बातों में बिल्कुल मताना इस लड़के के पास कुछ ताकतवर हुक्म के इक्के हैं जब यह उनका इस्तेमाल करता है तब यह आसानी से किसी दोनों रैंक तक से मुकाबला कर सकता है बार ने चिराग को भी इसी तरह मुकाबले में हराया था देखो हम सब एक साथ हमला कर सकते हैं वैसे तो नए स्टूडेंट्स काफी हैं लेकिन ताकतवर नहीं कि किसी भी हाल में हमें रोक इस पर फरान ने अपना हाथ हुए उसकी कोई जरूरत नहीं है चिराग तो कुछ वक्त पहले ही द्रोण बना है उसे हराना कोई बड़ी बात नहीं है इतना कहकर फरान ने एक नजर इरा की तरफ देखा और फिर अपने होठ चीप से गीले करते हुए ध्रुव से कहा क्यों ना हम थोड़ा बड़ा दाव खेले अगर मैं जीता तो तुम वाइट गैंग को पंद्रह लोग पकड़ाओगे जिसमें शामिल होगी। और अगर मैं हारा तो वाइट गैंग तुम्हारे ग्रुप को आधे साल तक परेशान नहीं करेगा क्या कहते हो हिम्मत है मुकाबला करने की क्या मुकाबला करेगा ध्रुव एरा और बाकी चौदह नए स्टूडेंट्स को दाव पर लगाकर जानने के लिए सुनते रहिए दीवन नारिवंश के साथ सुपर यूथ था सिर्फ